रात गए यहा शराब पी पी पी पी है? है है, है दुकान में ताला लगा दे, शराब शराब, भैया? मैंने अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया जो मेरे मन ने कहा मैंने तय कर लिया काशी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा सब कुछ छोड़ देंगे आप अपनी यह दुकान अपनी जमीन सब कुछ छोड़ देंगे <laughs> तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ ये सब कुछ रहा है। सब कुछ है गया सब कुछ गया मेरे भाई सब खत्म हो गया बस बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं कौन सी जमीन वहां कोई जमीन नहीं है वो बनारस में अपनी जमीन है ना बुजदिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया क्या बकवास कर रहा है तू आज खातिया के डर से आप ये ज़मीन भाग रहे हैं कल कोई और खातिया भगाएगा? किस ज़मीन पर हाँ जमाओगे? अरे रहा है। अरे मुझे मैंने इसी हाँ, गुंडागर्दी कर करने का शौक नहीं है हक, हक, हक। अरे बकवास काशी इंसाफ अधिकार हक तो तो मेरे भाई एक बात चलती है, जिसकी लाठी, उसकी हाँ। जिसकी लाठी लाठी उसकी उसकी ये तो अच्छा हुआ आपको दो वक्त की रोटी दी उसे छोड़कर चले जाएंगे आप वो जमीन जिसके दब पर आपने घर बसाया शादी की मुन् की परवरिश की उसे छोड़कर चले जाएंगे आप वो जमीन जमीन नहीं आपकी इज्जत है भैया इज्जत और इज्जत से भरकर कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता